कहते हैं ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है यह कहावत छतरपुर की एक प्रसूता के साथ ठीक बैठी है महिला ने एक साथ एक नहीं दो नहीं तीन बच्चों को जन्म दिया है महिला के परिवार वाले भी काफी खुश हैं छतरपुर जिला अस्पताल में अनगौर की रहने वाली महिला मन बाई प्रसव के लिए पहुँची जहाँ प्रसव के दौरान महिला ने तीन बच्चों को जन्म दिया है जैसे ही परिजनों की इसकी जानकारी लगी तो परिवार के सभी लोगों ने खुशियाँ मनाई और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई यह तीनों बच्चे एकदम स्वस्थ हैं। तीनों बच्चों को एस वार्ड में भर्ती कराया गया है क्या नाम है आपका राम सेवा कहाँ के रहने वाले हो क्या हुआ है आपको डिलीवरी हुई कैसे डिलीवरी हुई कैसे हुए क्या हुआ बच्चे? नॉर्मल हुए तीन बच्चे कहाँ के हो आप? अब कैसा लग रहा है अब आपको अच्छा लग रहा है घर ऐसी कैसी तबीयत तीनों बच्चे स्वस्थ अच्छी है स्वस्थ ठीक है तीनों का लेबर रूम में आज मेरी पोस्टिंग है तो मन की बाई नाम की एक महिला है जिनके ट्रिपलेट्स थे जो हमने पहले ही डायग्नोस कर लिए थी कि ट्रिपलेट्स हैं और ऑब्जर्वेशन में रखा गया था क्योंकि इनकी पूरे महीने से बच्चे नहीं थे नौ महीने के बच्चे नहीं थे इसलिए हम कोशिश थी कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो और बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ निकले तो तीन बच्चों की तीन बच्चे हुए हैं महिलाओं की और इसमें एक बच्चा छह बज बच्च ग्यारह मिनट पे दूसरा बच्चा छह बज बच्च तेरह मिनट पे और तीसरा बच्चा छह बज बच्च के उन्नीस मिनट पेड़ एक बच्चे का वजन 1.7 पॉइंट है दूसरे बच्चे का वजन भी 1.7 पॉइंट है तीसरे बच्चे का वजन 1 वन के जी है स्वस्थ है ऑब्जर्वेशन में रखे गए